नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे बिहार उद्योग विभाग द्वारा जो 10 लाख की लोन स्वीकृति की जा रही है यानी वो 10 लाख लोन हमें कितने किस्तों में देना है परियोजना की सूची क्या है तथा फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा इस सभी की जानकारी तथा जो फॉर्म होते हैं उसका नमूना पी हम कैसे डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित वीडियो आप तक सीधे पहुंचे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो चलिए हम ऑफिशियली दिखाते हैं ये सभी चीज़ें तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम गूगल के सर्च बार पर टाइप करेंगे उद्यमी यहाँ टाइप करेंगे उद्यमी डॉट उद्यमी डॉट बिहार डॉट गवर्मेंट डॉट इन ये लिंक आप लिख लेंगे और देखिए यहाँ पे हम उद्योग विभाग बिहार सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना यहाँ देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार इनका यहाँ पर फोटो दिया गया यहाँ पर यहाँ से आप नमूना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं पी फाइल और यहाँ से देख सकते हैं कौन से कौन से डिटेल हमें भरना पड़ेगा क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है देख सकते हैं आपके सबमिट किए गए फॉर्म का विवरण यहाँ देख सकते हैं आवेदनकर्ता का नाम लिंग क्या है ये आपको एक प्रकार से नमूना कहें ऐसे ही आपको जो ऑनलाइन करेंगे ऐसे ही निकलेगा देख सकते हैं लिंग जन्मतिथि माता पिता का नाम रहेगा विवाही वैवाहिक स्थिति आवेदनकर्ता का पता ऐसे आपको दिया रहेगा यहाँ देख सकते हैं आधार नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आवेदन का प्रकार युवा उद्यमी युवा यहाँ पर देख सकते हैं जाति क्या है उच्चतम शिक्षा क्या यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक विवरण कब आपने मैट्रिक किया है कब आपने इंटर किया है और किस कब पास किया सभी यहाँ पर दिया गया दक्षता प्रशिक्षण क्या यानी आपने किसी चीज़ का ट्रेनिंग लिया है तो वो यहाँ पर दे रहा है देख सकते हैं आप पारिवारिक विवरण ये सभी चीज़ें आपको भरनी होगी और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे तो इसी प्रकार से नमूना आपको देखने को मिलेगा तो इस यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं यहीं से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं ये योजना एक जून से शुरू होकर तीन महीने तक आवेदन स्वीकार की जाएगी यानी तीन महीने तक आवेदन भरा जाएगा योजना में पंजीकरण से पहले उपयोगिता उपयोगकर्ता पुस्तक का डाउनलोड कर उसे जरूर पढ़ लेंगे यानी यहाँ से हम इसे पढ़ लेंगे कि इसमें क्या टर्म कंडीशन है क्या क्या चीज़ें हमें देखिए यहाँ पे डाउनलोड यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे उपयोगिता पुस्तिका विवरण जो है हम यहाँ से डाउनलोड करें आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है यूज़र मैनुअल पी और यहाँ से डाउनलोड करके हम पढ़ लेंगे और उसके बाद यहाँ मेनू पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं परियोजना की सूची यानी किस किस उद्योग जो हम लगा रहे हैं वो एलिजिबल है जो उद्योग लगाएंगे वो शामिल है या नहीं है तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं परियोजना की सूची यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और चलिए हम परियोजना की सूची देखते हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो परियोजना की सूची यहाँ पे ओपन हो जाएगी देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कौन से चीज़ के लिए यहाँ पर अगरबत्ती उत्पादन आप करते हैं तो उसके लिए लोन मिल जाएगा एल्युमिनियम फर्नीचर का निर्माण यदि आप करेंगे तो लोन मिल जाएगा आइसक्रीम उत्पादन करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं आई बिजनेस केंद्र यदि खोलते हैं उसके लिए एलिजिबल अचार मुरब्बा का उत्पादन आप करेंगे उसे बनाएंगे उसके लिए मिल जाएगा आटा सत्तू एम्बेसन उत्पादन करेंगे इसके लिए मिल सकता है आभूषण निर्माण वर्कशॉप है इसके लिए मिल जाएगा एयर कंडीशन रिपेयरिंग है यदि आप ए जो रिपेयर करेंगे दुकान उसके लिए हो जाएगा एलईडी ई बल्ब यहाँ देख सकते हैं पहला एल बल्ब सजावटी बल्ब का निर्माण इसके लिए आपको मिल जाएगा यहाँ देख सकते हैं ऑटो गैरेज कंक्रीट यहां से हम देख सकते हैं ये टोटल किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल है उसी प्रकार यहां देख सकते हैं यहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो नोडल पदाधिकारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं उनसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं नोडल पदाधिकारी जो होंगे उनका नंबर यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं डिस्ट्रिक ये सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है यहाँ पे सभी इनका नेम वगैरह शो किया हुआ है ये सभी देख लेंगे और चलिए हम होम पे चल करके थोड़ी और जानकारी इसमें से लेते हैं क्या क्या इसमें यह देख सकते हैं सभी पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ यानी जल्द ही पंजीकरण तिथि घोषित की जाएगी यानी पंजीकरण जो है अभी स्टार्ट नहीं किया पिछले न्यूज़ वगैरह पेपर में आया था कि एक जून से स्टार्ट होगा लेकिन अब ये शुरू नहीं किया है देख सकते हैं सैयद शाहजन हुसैन जो है माननीय उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के प्रमुख बिंदु जो हैं संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का पचास प्रतिशत अधिकतम पाँच लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण जिसे सात वर्षों यानी चौरासी किस्तों में अदा करना है पाँच लाख रुपया जो है आपको यहाँ देख सकते हैं स्पष्टता लिखा गया प्रतिशत अधिकतम पाँच लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण जिसे सात वर्षो चौरासी किस्तों में अदा करना और पाँच लाख इसमें आपको अनुदान मिल जाएगा स्वीकृत राशि पचास परसेंट अधिकतम पाँच लाख विशेष प्रोत्साहन योजना तक अनुदान सब्सिडी दे होगा यानी पाँच लाख रुपये आपको यानी दस लाख में से पाँच लाख रुपये आपको अनुदान दे होगा चयन के उपरांत लाभुकों के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रुपया पच्चीस की व्यवस्था की गई है इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ दे होगा यानी नए उद्योग जो लगाएंगे परियोजना की सूची में हम देख लेंगे कौन से कौन कौन से कौन से उद्योग शामिल हैं वो हम वहाँ से अपना देख सकते हैं और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ दे होगा यानी सरकार ने जो 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो थी वो इसमें उसका लाभ भी आपको दे दिया जाएगा पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ जल्द ही पंजीकरण की तिथि घोषित की जाएगी यानी फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया उद्योग विभाग का जो है अभी शुरू नहीं हुआ यहाँ देख सकते हैं इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नमत होती इसे हम पढ़ लेंगे और यहाँ देख सकते हैं इसे दिया गया है देख सकते हैं स्वीकृत राशि अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा यानी जो राशि स्वीकृत होगी वो दो किस्त में दिया जाएगा योजना का परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा देख सकते विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर दस से पाँच बजे तक संपर्क कर सकते हैं संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है धन्यवाद